फ्रेंड अगर जीबी बी यूज़ करते हैं तो फ्रेंड मैं आपको बहुत ही कमाल की सेटिंग बताऊंगा फ्रेंड आप जीबी बी व्हाट्सएप पर जाएंगे यहाँ फ्रेंड आप देख रहे हैं जिन जिन पर्सन से हम चैट करते हैं वो चैट का स्टेटस यहाँ शो हो रहा है अगर फ्रेंड आप ये चाहते हैं जैसे इंस्टाग्राम में ऊपर की तरफ सारे कॉन्टैक्ट शो होते हैं उसी तरह से यहाँ पर शो हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे आप थ्री डॉट पर जाएँगे जी सेटिंग पर जाएंगे होम स्क्रिन पर जाएंगे हेडर पर जाएंगे यहाँ फ्रेंड ऊपर की तरफ एक ऑप्शन है अनेबल इंस्टाग्राम लाइक स्टोरीज़ इसको आपको अनेबल करना है अभी आप बैक जाएंगे व्हाट्सएप चैट पे जाएंगे तो यहाँ फ्रेंड आप देख पा रहे हैं कि ऊपर की तरफ सारे कॉन्टेक्ट इंस्टाग्राम की तरह से शो ऑफ हो रहे हैं इसी को फ्रेंड डिसेबल करने के लिए आप थ्री डॉट पर फिर से जाएंगे जी सेटिंग पर जाएँगे होम स्किन पर जाएंगे हेडर पर जाएंगे इंस्टाग्राम अनेबल इंस्टाग्राम लाइव स्टोरीज़ को हाइड कर देंगे तो अभी आप देख रहे हैं वो ऑप्शन हाइड हो गए हैं तो फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट जरूर कीजिए मैं आपको रिप्लाई करूंगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर कीजिए थैंक यू